तो आज हम देखेंगे अगला चैप्टर चंद्रशासन इससे पहले हमने बात करी थी तो मतलब आधुनिक हरिद्वार कहते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन के बाद किसके समय पे हर्षवर्धन का एक सामंत नियुक्त होता है एक सामंत होता है जिसका नाम क्या यशो वर्मन है जिसका नाम क्या है शुवर्मन और यही ये यशुवर्मन एक अपना सामंथ्य नियुक्त करेगा चमोली में पे चमोली में नियुक्त करेगा जिसका नाम क्या होगा जिस, इसका नाम होगा बसंत देव क्या नाम होगा बसंत देवी चमोली में जूसी मठ में जोसी मठ ठीक है यहाँ बसंत देव है चमोली में ठीक है यहां पर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो ये कश्मीर के इतिहास के, के बारे में कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में जो वर्णन मिलता है वो राजनी से मिलता है किससे किससे और किसे निखे? किसे निखे? और लिखी है लिखे में कश्मीर के राजाओं का वर्णन इस कारकुटी राजवंश में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था ललितादित्य मुक्ता ललितादित्य देखिए आपको पता है पूरे भारत उत्तर भारत में हर्षवर्धन प्रदेश में, तो तो में नर्मदा नदी को क्रॉस करने के दक्षिण भारत, भारत में विजय के लिए बढ़ता है तभी इसका युद्ध होता है कुल द्वितीय जो चालुक्य वंश का है और वहां पर हर्षवर्धन की हो जाती है मृत्यु ठीक है और हर्षवर्धन की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका एक सामंत नियुक्त है, है, है अब इसकी मृत्यु हो गई है, अब यहां जो कि इसका ये है इसी समय में कश्मीर का एक राजा है कारकुटी राजवंश जिसका नाम ललितादित्य मुक्तापीठ जो कि बहुत ही प्रतापी शासक है इसका वर्णन है रास्ंगड़ी जो की कलहड़ जिसमें कश्मीर के राजा का वर्णन मिलता है इसमें आपको इसका वर्णन मिलता है तो यही आक्रमण करता है पर, जो कि ब्रह्मपुर आधुनिक हरिद्वार में है और इस युद्ध में इसकी हो जाती मृत्यु ठीक है क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई इसी चीज का आपको पता अराधकता का काल आता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में और इसी समय में कारकोटी राजवंश की कश्मीर में यहाँ का राजा सिरमौर राज्यपीठी इस, का एक सामंत है ऐसे ही यशो वर्मन ने भी अपना एक सामंत नियुक्त किया था चमोली में जिसका नाम है बसंत देव क्यूंकि यहाँ पे यशो की मृत्यु हो गई है और इसके बाद इसका शासक जो कि है बसंत देव बसंत एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करेगा और इस वंश का नाम होगा आपका कार्तिकीय पुरराज क्या नाम होगा कार्तिकीय पुलराज तो कार्तिक स्थापना कौन करता है बसंतदेव करता है ठीक है उसके बाद इसके बाद की कहानी मिलती है कि हाथ से राजधानी ट्रांसफर होके कहा जाती है कत्यूरी घाटी में कहा पे कत्यूरी घाटी मतलब बागेश्वर वाले एरिया में कहा पर बागेश्वर और इसको लेके कौन जाता है नरसिंहदेव कौन लेके जाता है नरसिंह देखो कहानी तो बहुत सारी कहानी ये भी है कि राजा पर लेटा होता है भगवान नरसिंह आते हैं उनका हाथ दिया जाता है और उनका रहने लगता है पूरी तरह से तेरे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा पर और पर यह तो हो नहीं सकता ये तो कहानियां क्यों दंतियां हालांकि इन्होंने अपनी राजधानी जो स्थानांतरित की थी जोशीमठ से कत्यूरी घाटी में उसका मुख्य कारण क्या था सुरक्षा की दृष्टि से देखिए इधर भूटांतिक राजा आपको पता होगा उस वक्त आक्रमण कर रहे थे इधर से ये कश्मीर के राजा का भी आक्रमण हो चुका सामंत इसका जो राजा है यशोवर उसकी भी मृत्यु हुई तो एक ऐसी अपनी राजधानी कहा ले कच्यूर घाटी और कच्यूर घाटी में आने के बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश है देखिये कई जो यशवंत सिंह कटोश है यशवंत सिंह कटोश क्या कहते हैं यशवंत सिंह कटोल जिन्होंने लिखा है उत्तराखंड का नवीन इतिहास क्या लिखा है ये बोलते हैं कार्तिकेपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों क्या है अलग अलग है क्यों क्योंकि के में जो भी आपको विलेख मिलेंगे अलग अलग तो है इसका भी एक कारण है क्यों क्यों कहते हैं देखिये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कच्यूरी राजवंश है वो छह से छह सात भागों में बढ़ गया था जिसमें थी काली कुमाऊं जो की चंपाउत वाला एरिया था लीपाऊ जो कि अल्मोड़ा वाला एरिया था बारा मंडल ठीक है बारामंडल सीरा डोटी और असकोट तो इतने भागों में ये डिवाइडेड था कालीपुमाओं पालीपछाओं बारामंडल मतलब बागेश्वर और ये पिथौरागढ़ के बीच का ये सीरा, और इतने भागों में ये हो गया। तो काली को मामला उस वक्त शासक वीर था वीरदेविता है शादी कर लेता है, है। तो इससे ब्राह्मण जिस पालकी में बैठता था उस पालकी को सूलखी डांडा मतलब ऊंचाई से नीचे गिरा देते थे बाहर में पहले जहाँ फांसी दी जाती थी उससे सूलखी डांडा बोला जाता था वहां से गिरते थे वीरदेव की मृत्यु हो जाती है और वीरदेव की मृत्यु होते ही आपस में लड़ने लगते हैं कत्यूरी जब आपस में लड़ने लगते हैं तो क्या होगा जब आपस में तो कत्यूरी करेंगे यहाँ बसंत देव का, तो, का वर्णन नहीं मिलता है इसलिए हम ये बोलते हैं कि कार्तिक के राजवंश और कत्यूरी राजवंश सब दोनों क्या रहा होगा अलग अलग रहा होगा ऐसा बोलते हैं यशवंत हम बद्रीन पांडे को आधार पर मिलता है या हमें वो जागरूक के आधार से मिलता है या अभिलेखों के आधार पर मिलता है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जो अभिलेख लिखने का वर्णन मिलेगा वो चंद्र शासन में अभ चंदगा अभ चंद्र से प्रारंभ होगा तो आगे आते हैं देखिए फिर उसके बाद क्या है कि आज हम जो हमारा टॉपिक है वो कुमाऊं पर चंद्रवंश कतियो की बात हो गई है अभी देखिए काली कुमाऊं में कहां पे काली कुमाऊं में कौन है शासक उसका नाम है ब्रह्मदेव और एक राजा है सोम चंद कौन है सोमचंद जो कि आएगा झूसी प्रयाग के पास एक जगह है झूसी कहां पे प्रयाग के पास एक जगह झूसी से आएगा चंपावत का राजा सासू मानते हैं तिरपन और अजय रावत एक हजार अठारह मानते हैं पर हम यहाँ किस को रिफरेंस मान के चलेंगे बद्री दत्त पांडे को क्यों क्योंकि अगर हम या, आगे इनको मान के चलते हैं तो 200 साल का अब देखिए एक साल अठारह पे 200 साल का मतलब तो तो चंपावत इसका पुराना नाम था राजबुंगा और यहाँ पे ब्रह्मदेव सोमचंद से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह कर देगा और राजभुंगा इसे दहेज में दे देगा किसे देगा दहेज में तो सोमचंद किसका निर्माण करेगा राजबूंगे के किले का निर्माण राजबूंगे के निर्माण कौन करेगा? पूछ, पूछा जा सकता परीक्षा में कि के, के निर्माण किसने किया था? तो सोंचन्द। तो सोंचन्द ने ने में चंद्रंश की स्थापना करी है और यहां पे ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी होती है और वो किसका निर्माण करता है राजबूंगे के किले का निर्माण करता है ठीक अब ये जो राजा का किला निर्माण हो गया तो इसके बाद सोमचंद यहां पे चार किलेदार नियुक्त करता है कितने किलेदार चार किलेदार नियुक्त करता है उन किलेदारों के नाम है बोरा तलागी और चौधरी ठीक है इन चार किलेदारों को बोला गया है चाराल तो प्रश्न अगर पूछे आपसे पेपर में कि चार का ये सोमचंद ने चारों की नियुक्ति करी है बिल्कुल कौन कौन थे चौधरी और, और सोमचंद ने राजमंगी के किले का निर्माण भी करवाया ठीक हो गया अब क्या होता है कि जब इसने सबसे पहले चंद्रंश में किसने सोमचंद ने जो चंद्र की स्थापना की है इसने सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है इसकी स्थापना की है कुमाऊ में किसकी ग्राम पंचायत कैसे कि ये चारों को नियुक्त करता है सयाना या बूढ़ा सयाना या बूढ़ा का पद देता है इनको क्या होता है बूढ़ा गांव में सबसे बड़ा आदमी जो कि राजस्व को इकट्ठा करेगा टैक्स लेगा क्योंकि आपको पता है किसी भी शासन को तो चलाने के लिए कर बहुत अनिवार्य है तो इसलिए इनको तो सयाना या भूढ़ा के पद पर नियुक्त करता है मतलब ग्राम पंचायत की अगर हम देखें कि न्यू रखी है तो किसने रखी है वो सोमचर दे रख दी है तो यहाँ पे चारों लोग जाते हैं किस किस गांव में एक जगह पर थी बिशुम गांव कौन सी गांव पड़ता है बिशुम गांव है यहाँ पे लोहा घाट में कौन सा गांव है बिशुम गांव तो यहां पे उस पर उसमें चार जातियां जा रहती थी फरतियाल मेहरा देख देव और कर अब भाई देखो तो जमीन इनकी है ये लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे इनसे टैक्स लेने जाते हैं तो इनके ये इनको से मना कर देते हैं और ये क्या कर देते गर्दन काट देते कौन? और की गर्दन काट देते हैं और पे इनकी गर्दन काटते हैं उसके ऊपर ये लोग एक चबूतरे का निर्माण कर देते किसका निर्माण करते थे चबूतरे का और उस जगह का नाम है बुढ़ चौरा क्या नाम चौरा तो बुढ़ वही भी है आपको लोहाट के पास मिल जाएगा लोहाट चंपौल तो ये सोमचंद को समझ में आ जाता है जब तक हम इन लोगों को कन्वेंस नहीं करेंगे इनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे तब तक मैं नहीं कर सकता इसलिए ये फर्त्याल और को क्या तो ये के भी कौन सोमचंद दूसरी बात ये दीवान के पथ का भी निर्माण करेगा किसके पद का दीवान का और हमें ज्यादातर किसको बैठाएगा कौन बैठेंगे उसमें जोशी ब्राह्मण बैठे कौन बैठे जैसे हर्षदेव जोशी कौन हर्षदेव जोशी कुमाऊ का चाणके कहते तो ये हर्षदेव जोशी किसके पद पे था दीवान के पद पे था अभी हम देखिए कुमाओं का चंद्रवंश्रत पांडेव जोशी जो, जो की चंद्रवंश के पद पर है कि भाई सोमचंद नहीं था चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद था कौन था चंद। पर हम क्यों हम इसको नहीं मानते हर्षदेव जोशी के बात को हम बद्री दत्त पांडे कहते थोहरचंद नहीं है कौन है क्यों क्योंकि तेईसवा राजा कौन सा राजा था 23वें नंबर का राजा था और अगर थोहर चंद की संस्थापक होता तो रेशम की खोज होती कौनसे नंबर का राजा है तेईसवे नंबर का बात समझ में आ गई आपको अब आप देखिए हम आगे आगे चंद्र वंश के बारे में जानते हैं धीरे धीरे चंद्र शासन में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ था तो देखिए सोमचंद स्थापना कर लिया से 21. उसके बाद इसका बेटा होता है, है आत्मचंद के, के समय में हुआ है तो उसका नाम है इंद्रचंद आपको पता होगा रेशम की पूछ क्या हुई थी चाइना में हुई थी तो नेपाल से नेपाल की रानी चाइना जाती है और वहां से रेशम के कीड़े लाते हैं तो इंद्र चंद की जो कच्यूरी रानी है वो जाएगी नेपाल और वहां से लेके आती है रेशम के कीड़े पर उस वर्ष से क्या होता है कि रेशम अच्छा खासा होता नहीं है बहुत तो वहां पर बोलते रेशम हो नहीं रहा है रेशम हो ही नहीं रहा है क्या कह तो झूठ बोलने की प्रथा चलती है कौन सी प्रथा चलती है झूठ बोलने की प्रथा चलती है किसके समय चंद्रशासन इंद्र चंद के समय चलती? चलती? उसको बोला गया पटरंग की प्रथा किसकी प्रथा पट रंग की प्रथा पटरंगी प्रथा क्या है किसके समय में इंद्रचंद के समय में, में। रेशम की समय में। बोल। तो सब लोग झूठ बोलने लगे उसको बोला गया पटरंगी की प्रथा और ये पटरंगी की प्रथा प्रारंभ हुई थी आपके लिए इंद्रचंद इंद्रचंद के समय के बाद कोई राजा इतना इंपोर्टेंट है नहीं उसके बाद हम अगला राजा देखते वीणाचंद कौन देखते वीणा चंद चंद वंश में सबसे ज्यादा भोगी राजा की इसकी उपाधि मिली भोगी मतलब केवल खाने पीने में दारू डांस में ही रहता था वीणा चंद तो अब राजा ऐसा रहेगा तो क्या होगा तो भाई बाहर के लोग तो आक्रमण करेंगे तो वीणा चंद के समय में खसो का आक्रमण हो जाता है ध्यान देंगे मेरी बात कौन कर देंगे खस आक्रमण कर देंगे और यहाँ पे इसके बाद चंद्र वंश का समाप्त यहाँ पे होगा और दो सौ तक किसका शासन रहेगा खसू का ठीक है उसके बाद क्या होता है कि वीरचंद आते हैं नेपाल से चंद्रवंशी है ये, और ये खसू को क्या करते थे खसो को हराते हैं और यहां पे दोबारा से दोबारा से चंद्र का जो चंद्र है उसकी नींव रखते कौन आपका वीर चंद तो वीरचंद आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है ठीक है अब अगला जो शासक है वीरचंद के तो वीर क्या करता है खासू को हराता है उसके बाद आया आपका नान की कौन आक्रमण करता है, है? अशोक चल और यह हमें कैसे पता चलता है इसके दो अभिलेख मिलते हैं ग्यारह सो इक्यानवे एक बारह सो नौ बारहहाट का अभिलेख और गोपेश्वर तो से से के बाद आपका अगला जो प्रतापी शासक रहेगा वो रहेगा तिलोक चंद और तिलोक चंद क्या रहेगा अभी तक उत्तराखंड जो था आपका वो चंपावत में इसकी राजधानी थी ये चंपावत से जो शासन है जो साम्राज्य है उसको नैनीताल तक लेके जाएगा नैनीताल को क्या बोलते थे छता बोलते थे क्या बोलते थे छता तो छाता कौन सा प्रदेश है तो कौन सा एरिया नैनीताल तो साम्राज्य का विस्तारीकरण स्थापना हो चुकी है चंपावत। तो पर राजा ने स्थापना कर दी साम्राज्यवाद में होगा थोड़ा साम्राज्य फैला जाएगा तो ये चंपावत से लेकर थोड़ा सा जमीन यहां तक जीत लेता है कौन आपका तो क्यों है क्योंकि तेलोक चंद तो त्रिलोक चंद्रवंश्य विस्तार कौन कर कर रहा है, कर रहा है है तक, तक, तक पहले चंपावन कब बारह से चंद से तेरसो तीन इसके बाद जो अगला राजा है उसका नाम है अभयचंद और अभयचंद से ही हमें पहली बार कहां से अभय के समय से ही पहली बार चंद्र शासन में हमें अभिलेखों का वर्णन मिलता है अभिलेख मिलते हैं लिखित वर्णन मिलता है कहां से अभयचंद इससे पहले जितने राजा थे कोई लिखित वर्णन नहीं सारे के सारे जो राजा हैं या तो का पावाड़ के, के आधार पर सिक्कों के आधार पर या कुछ और अभिलेखों को आधार पर हमें वर्णन मिलता था जन के आधार पे पर अभय चंद्र के समय से पर जो अभिलेख मिलते हैं अभयचंद अभय चंद के बाद हम आगे जाते हैं आपका ठीक है अभय चंद्र के बाद थोड़ा सा आगे आप देखिए अभय चंद के साथ मैंने बता दिया कि सबसे पहले लिखित साक्ष्य आपको मिलने शुरू होते उसके बाद आपकी बात हम थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट राजा बह जाता है जिसका नाम है ज्ञान चंद क्या नाम है ज्ञान गरुण चंद की किसकी ज्ञान गरुण चंद अब भैया गरुण की उपाधि किसने दी इसको ये प्रश्न में पूछ लेता है तो वो था फिर तुगल कौन सा भाई देखिए इतिहास में आपको पता होगा पहले कौन सा आ जाओ आपका देखिए मैंने बताया था कि महमूद गजनबी का में आता है उसके बाद आप देखते हैं गजनबी फिर उसके बाद गुलाम वंशा आएगा गुलाम के बाद खिलजी आता है हैं खिलजी के बाद आपका तुगलक वंशा आ जाता है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंशा आता है आपका लोदी सैयद सैयद फिर लोदी और लोदी ठीक है तो जो लोधी है और सैयद अभी मैं तुगलक की बात कर रहा हूँ तो ज्ञानचंद के समकालीन कौन सा शासक रहा होगा तो इसके समकालीन जो शासक था उसका नाम था फिरोज समकालीन कौन सा शासक था दिल्ली में तो कौन है भाई वो फिरोज साह तुगलक है कौन है फिरोज साह तिगलक है अभी फिरोज साह तुगलक किसके समकालीन है ज्ञान के समकालीन तो रोती कहानी यह है कि भाई देखो ज्ञान गरुण कटे जो कते है वो उस समय कुमाऊं तो का आक्रमण करते हैं तो सहायता की सहायता ज्ञान चंद आता है और एक तीर मारता है और एक तीर में ही गरुण को क्या कर देता है मार देता है तो इससे प्रसन्न होकर फिरोज सा तुगलक इसको किसकी उपाधि दे देता है गरुण की तो पहली गरुण की उपाधि किसको दी ज्ञान चंद को किसने दी फिरोसा तुगलक ने किसके समकालीन है ज्ञानचंद के समकालीन तो ज्ञानचंद चंद फिरोसा तुबलक के समकालीन चंद्र शासक है ठीक है थी? अब देखो भाई कहानी आ गई देखो ज्ञानचंद फिरोसा तुगलक ने तो ये प्रश्न पूछेगा ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि किसने दी थी से? तो आपको फिरोसा तुपल ने अब देखो इसका एक सेनापति है बड़ा ही राज्य भक्त सेनापति है ज्ञानचंद ज्ञानचंद देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है नीलू पठायत क्या नाम है नीलू पठायत नाम है क्यों बता रहा हूं मैं कटेहरू से युद्ध लड़ने में सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाता है नीलू पठायत इसके बदले ज्ञानचंद इसको भूमि देता है रोक में रोक मतलब ऐसी भूमि जो युद्ध जीतने के बाद या युद्ध से जैसे कि आजकल कोई सैनिक बहुत अच्छा लड़ा अगर देश के लिए तो उसे परमवीर चक्र मिलता है पहले राजा लोग क्या देते दे थे जो ज़्यादा ही अच्छा लड़ाई लड़ा होता था उसे जमीन देते दे थे ज़मीन दे तो दे में पर बाद में ज्ञान चंद इसको मरवा देता है किसको नीलू कठायत को मरवा देगा और इसके बच्चों की आंखें फुड़वा देता है कौन ज्ञान चंद जबकि ज्ञान जैसे कि माधुसिंह भंडारी लोदी सिंह रिकोला बनवारी दास का वर्णन हम देखेंगे परमार शासक में महिपति सा में राजभक्ति के लिए ऐसे ही कुमा में राजभक्ति के मामले में जिसका नाम लिया जाता है वह है नीनू पर देखो भाई ज्ञानचंद ने क्या किया इसके खिलाफ षड्यंत्र तो होता है राजमहल में नीनू पठाई के खिलाफ ज्ञानचंद के कान भरे जाते हैं और ज्ञान इसको क्या कर देता मरवा देता है रोज जमीन देता और एक उपाधि भी नीलू पठायत को देता है कुमैया किल्लत की किसकी उपाधि देता है कुमैया किल्लत की उपाधिगणों की, की बात करीलू पठायत को मरवा देता है और उसके पत्रों की आंखें फुड़वा देता है पर आपसे प्रश्न पूछेगा नीलू पठायत भी किसकी उपाधि दी गई है कुमैया किल्लत की के के? क्योंकि ये जो कटेघर है उनसे लड़ने में मदद करता है उसके बाद देखो भाई ज्ञानचंद हो गया और ज्ञानचंद अपने आप को जो गरुड़ ज्ञानचंद है भगवान नारायण का अवतार बता बताता है किसका अवतार बताता है भगवान नारायण का अवतार बताता है और इसके राज की चिन्ह में भी किसका किसका फोटो लगा पड़ा है गरुड़ का फोटो लगा किसका फोटो लगा भाई कहता है मैं नारायण का अवतार ज्ञान ज्ञान के बाद आता है हरिचंद कौन आता है हरिचंद हरिचंद इंपोर्टेंट नहीं उसका बेटा आता है फिर कौन आपका अगला राजा है उद्यानचंद कौन सा राजा है उद्यानचंद अब देखो भाई ज्ञान गरुण ने क्या किया ज्ञान गरुण ने क्या किया अपने ही राजभक्त सेनापति जो कि नीलू कठाए थे जिसे कुमैया कि किया, किया। तो अपने दादा की इस कमी को दूर करने के लिए केवल उद्यान चंद पूरे जीवन भर प्राश्चित करता रहता है क्या करता रहता है कि भाई बहुत गलत किया उसने तो अगर चंद्र प्राश्चित करने वाला राजा बोला जाता है तो वो बोला जाता है किसको कैसा और ये है? है? बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया इसको प्राचित करने वाला राजा कहते हैं और इसके बाद हम देखते हैं विक्रमचंद विक्रमचंद क्या है विक्रमचंद चंद वंश में विलासी भोग विलासी राजा है और उसी का भतीजा है भारतीचंद जो कि बहुत इंपोर्टेंट होने वाला आपके लिए क्यों देखो विक्रमचंद बड़ा भोग राजा है और इसका भतीजा है भारतीचंद अभी तक भारतीचंद से पहले जितने भी शासक हुए हैं मैंने बोला है वो सबके सब, सब मांडलिक राजा थे कैसे राजा थे मांडलिक राजा थे मतलब ये दूटी के राजा को तो टैक्स पे किया करते थे कर दिया पर भारती ने टैक्स पे नहीं किया भाई पहले तो ये विक्रमचंद को हटाता है गद्दी से और राजा मनता है इसका ही भतीजा विक्रमचंद का भतीजा भारतीय विक्रम विक्रमचंद तो बड़ा ही भूमिला राजा है, इसके बाद आता है तो स्वतंत्र राजा ठीक है स्वतंत्र राजा, राजा, राजा रहेगा भारती चंद और यही भारती चंद आक्रमण करेगा टूटी राजा अभी तक तो जितने भी शासक हुए हैं वो सब मांडलिक राजा दोटी के राजा को क्या देते थे देते थे, पर भारतीय चंद क्या करेगा राज्य पे आक्रमण कर करते किसका भतीजा भतीजा तो पहला स्वतंत्र शासक अगर हम चंद्रवंश में देखेंगे तो उसका नाम है भारतीच ठीक है तो पहले तो ये क्या करेगा पहले ये डोटी का आक्रमण करेगा और इस वक्त शासक है यहां का कौन सा है जयमल इसको हरा देगा युद्ध में किसको जयमल को युद्ध में हरा देगा उसके बाद क्या करेगा ये सोर का राजा बम राजा विजयमल एक का राजा है राजा के राजा है के को क्या कहते थे पहले बम राजा तो विजय बम एक राजा है यहाँ पे इसको हराएगा भारती चंद पहले किस पर आक्रमण के डोटी उसमें कौन है जयमल दूसरी बार आक्रमण कहा राजा पे और वहां पर राजा कौन है विजय बम इसको भी हरा देगा तो दोनों राजा को हरा दिया किसने भारती चंद्र ने पूरे चंद वंश में भारतीय सबसे लंबे समय तक युद्ध करने वाला चंद शासक है ये युद्ध करता है भाई देखो बारह वर्षो तक कब तक बारह वर्ष तो सबसे लंबे समय तक देखो भाई ये युद्ध में है पहले टोटी को जीता फिर सोर राज्य को जीता उसके बाद ये सीरा को भी जीत जाता है कहा सीरा को भी सीरा पे भी अटैक करेगा और इसको भी जीत जाएगा लगातार युद्धों में भी ये बिजी है, तो युद्ध में, तो में अब देखो बारह वर्षो तक जब युद्ध करेगा सैनिक तो घर तो जा नहीं पाएगा है ना अब बारह वर्षो तक जब कोई युद्ध कर रहा है तो वो घर तो जाएगा नहीं तो अब क्या हुआ तो भारतीय चंद कहता भाई कोई भी सेनापति है कोई भी राजा है वो बिना शादी के रह सकता है क्या रह सकता है बिना शादी के आप किसी भी औरत को अपने साथ उसको बोला गया काली की प्रथा काली की प्रथा तो भाई प्रश्न पूछेगा काली की प्रथा किसके समय काल में आरंभ हुई है तब तो वो कौन है भारतीय चंद सबसे पहला स्वतंत्र सो, सो, शासक कौन है पहली बार डूटी को देख से बना भारतीय चंद आक्रमण किसने किया टूटी राज्य नेपाल वाले पे भारतीय चंद और कट्यकाली की प्रथा किसने शुरू की भारतीय मतलब देखिए बारह वर्ष तक घर कोई घर के युद्ध करो जहां रहना चाहता है जिस औरत को अपने साथ बिना शादी के रखना चाहता है रख सकता है उसी को बोला गया कट्टकाली की प्रथा और इसी से एक नई जाति बनी नायक जाति तो नायक जाति के निर्माण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है भारतीय चंद्र को इसको भाई देखो ना नायक जाति जो थी क्योंकि अवैध संतानी थी समाज में इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था बाद में कुमारंडल जो विकास परिषद है उन्होंने इनके उत्थान के लिए बहुत कार्यक्रम चलाए नायक जाति में जितनी भी लड़के हैं उनकी शिक्षा चिकित्सा इनकी व्यवस्था करवाई तो भारतीय चंद की वजह से एक नई जाति का निर्माण हुआ नायक जाति जो राजा जो सैनिक गए हुए नहीं थे तो वो बिना विभाग के रह सबसे लंबे समय तक युद्ध इसके समय में हुआ भारती चंद के समय में ठीक है उसके बाद देखिए रतन चंद और रतन चंद किस इंपोर्टेंट है केवल भूमि बंदोबस क्या तो पहली बार भूमि बंदोब अगर चंद्र शासन में किसके समय में किसने प्रारंभ किए तो उसका नाम क्या है रतन चंद जैसे कि पहले चलता था ना नाली एक नाली ठीक है मुट्ठी ठीक है तो ये जो नाली नापने की जो भूमि को पैमाई भूमि को नापने की जो प्रथा प्रारंभ हुई है चंद्र शासन में वो है रतनचंद पेपर में केवल इतना पूछा जाएगा कि किस चंदन के समय में भूमि बंदोबस्त या भूमि की नपाही की प्रथा शुरू हुई है किसने प्रारंभ की है तो उसका नाम क्या है रतन इसके बाद हम बड़ा प्रथा शासक देखेंगे जिसका नाम हुआ कीर्ति चंद अगले लेक्चर में देखेंगे थैंक यू